करते हैं को करते तो फ्रेंड्स यहां पे मैं आप के लिए फाइव मोस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन रहा क्वेश्चन फर्स्ट आपका है सिद्ध कीजिए कि अंडरवुड वन प्लस तो फ्रेंड्स इस टाइप का जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आप लोग को सेपरेट वीडियो बनाकर दे रहा हूं ताकि आप लोग आज से बोल सकते सात दिन बच चुका है एग्जाम का उसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सके और अच्छे से सीख कर एग्जाम वहां पर दे सके ओके तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन लोग देखने वाला है यही क्वेश्चन को ठीक है इसे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना मैं एक एक करके बारी बारी से इसको सोल्व कर देता हूँ ये टोटल क्वेश्चन बोल सकते हैं ये फाइव मार्क्स आपको दिलाने वाला ठीक है तो इसे चुकना मत इसे करके जाना बा ठीक है तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने वाले हैं सॉल्यूशन ठीक है तो यहां पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन है आपका अंडर रूट वन प्लस कोस थीटा वटा वन माइनस कोस थीटा इक्वल आपको लाना है क्या लाना है देखिएगा कोशे कोशेक थीटा प्लस कोट थीटा तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही होगा आप लोग पढ़े ही होंगे कि एलएचएस एल साइड को बोला जाता है और एचएस साइड को बोला जाता है तो फ्रेंड्स आप लोग से, तो से, तो लो से चलने वाले तो यहाँ पर देखेगा ये जो क्वेश्चन है एल एच का इसी को सेम टू तो सेम इसी प्रकार लिख देना है और लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं जरा तो देखिए वन प्लस कोस थीट्टा और बट्टा में क्या है आपका वन माइनस कोस ओके दोस्तों तो ये क्वेश्चन हम लोग लिख चुके हैं अब आप लोग थोड़ा सा देखिए आप लोग परिमेकरण जब करते हैं तो परिमेकरण में हरों का परिमेकरण होता हो हो तो है इसको परमेकरण करेंगे तो ये यहाँ पे चिन्ह क्या है माइनस में है तो अगर ऊपर जाएगा बोल सकते परमेकरण करेंगे तो इसका चिन्ह क्या होगा चेज हो जाएगा तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग क्या लिखने वाला है तो लिखेगा वन प्लस कोस थीटा नीचे अगर प्लस माइनस था तो वहां पे क्या हो गया प्लस और यहाँ पे प्लस तो पे क्या होता माइनस तो यहाँ पेम टू सेम वही बात लिख देना प्लस है कि तो हरों का पर चेंज चेंज होता है तो देखिये माइनस था तो क्या हो गया प्लस प्लस और टोटल हम लोग वही यहां पर उतार दिए ओके okay? अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका है यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं ध्यान देना वन प्लस cos थी इन टू वन प्लस कोस थीटा तो इसको आप लिख सकते हैं वन प्लस के होल स्क् क्या लिखना है वन प्लस cos कोसटा cos के होल तो स्क्वायर ये लिखा गया आपका नेक्स्ट आपका दोस्तों नीचे में यहां पे एक फॉर्मूला है इसे याद रखना यहां पे मैं लिख देता हूं एक आपका है a माइनस बी क्या है a माइनस बी है माइनस b और गुना a प्लस बी तो इतना बराबर एक फॉर्मूला होता है याद रखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यह फॉर्मूला यहां पे लगने वाला है तो देखिएगा a माइनस बी है a माइनस बी हो गया इन टू ए b a ए माइनस बी इन टू ए प्लस इक्वल क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहां पे लिखना आपको नीचे में बट्टा करके ए का स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे वन होगा स्क्वायर लिख देते हैं ठीक है थीके? एक स्टेप और चलेंगे हम लोग तो यहाँ पे एक रूप में वन था तो वन का स्क्वायर हो गया और बी के रूप में कौन को है कोस, तो यहां पे लिखेंगे माइनस कोस तो हो गया अब यहाँ पे अगला स्टेप है दोस्तों यहाँ पे देखना ऊपर में वन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वा देखें वन प्लस कोस थीट्टा का होल स्क् हो गया और बट्टे में वन का स्क्वायर वन होता है और कोश स्क्वायर थेटा यहाँ पे करेंगे तो कोश स्क्वायर क्या होगा थीटा होगा कोश स्क्वायर थीटा ओके दोस्तों ये रह गया नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा यहाँ पे वन प्लस कोस रहने देते हैं यहाँ पे लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला बनता है याद रखिए यहाँ पे फॉर्मूला एक लिख रहे हैं वन माइनस थीटा और आप लोग फार्मूला लिखिएगा वन माइनस थीटा और होता है दोस्तों याद रखियेगा साइन तो यहाँ पे रूट तो यहां, तो यहां, यहां, यहां, यहां भी है और रूट यहां भी है तो रूट यहां पर बोल सकते रूट से जो अंडर रूट है बोल सकते है उसको खत्म कर देगा केवल बचेगा क्या यह स्क्वायर है जो आपका रूट को खत्म करने वाला है तो ऊपर में बच जाएगा आपको वन प्लस कोस थीटा और बट्टा में केवल साइन थीटा बचेगा क्या बचेगा साइन थीटा अब यहां पे सवाल ये उठता है कि स्क्वायर कहा गया तो स्क्वायर हम इसलिए बताएं स्क्वायर क्या कर दे? इसको खत्म कर दिया बार वाला बचा और में बच गया। अब दो आप लिख सकते हैं एक बार साइन वन के नीचे एक बार साइन कोस के नीचे तो लिखना है वन बट साइन थीटा एक बार आ गया वन के नीचे और एक बार साइन किसके नीचे आएगा कोस के नीचे और बीच में प्लस है तो बीच में प्लस देना है कोस और में क्या है साइन थी अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है याद रखिए कोसेक थीटा क्या होता है कोशेक थीटा और कोस बटा साइन इक्वल टू होता कोड थीटा क्या होता है कोड थीटा तो फ्रेंड्स ये आपका प्रूफ हो चुका है क्या हो चुका प्रूफ हो चुका है तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका प्रूफ आ चुका है तो ये आपका थीटा प्लस फर्स्ट तो तो तो क्वेश्चन किया अब हम लोग करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपका है अंडर रुड वन प्लस थीटा और वाई में यानी कि बट्टे में आपका वन माइनसा प्लस थीटा। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है सेकंड का एग्जाम में आने दोस्तों आर एच एस तो इसको हम लोग केवल फिर से एक बार और लिखने वाले हैं तो लिखेगा क्या लिखना है वन प्लस साइन थीटा और बाई में क्या है वन माइनस साइन थीटा ओके दोस्तों तो यहां पे हम लोग जानते हैं कि हरों का क्या होता है होता है तो हरों का में कर चेंज होता है यानी कि माइनस होगा तो प्लस होगा और प्लस होगा तो माइनस होगा तो यहां पे आपको हर में क्या है माइनस है तो अगर इसका परियकर अंश और हर में परिमेयकरण करेंगे इसको तो यह चिन्ह चेंज होगा यानी कि यहां माइनस है तो गुना करके हम लिख सकते हैं वन प्लस थीटा ऊपर लिख दिए, दिया आंसर में लिख दिए गुना के और यहाँ पे नीचे में लिखेंगे one plus sin theta. को केवल कर दिया गया, गया करने के ठीक है? तो यहां पे तो गया यहां पे पे हो दोनों, अब हम लोग एक फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे क्या होगा जरा देखेगा अंडर रूट ये जो है वन प्लस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा ये आपका होगा वन प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर क्या हुआ होल स्क्वायर और नीचे में एक फार्मूला है दोस्तों यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था नीचे में एक फार्मूला बनता है ए माइनस बी हम इसी को बोल रहे हैं वन माइनस साइन थीटा तो यहाँ पे ए माइनस हो गया गुण ए तो देखिएगा सेम टू सेम बैठता है कि नहीं तो देखिए वन माइनस साइन थीटा हो गया यानी कि ए माइनस बी हो गया फिर गुना है तो गुना का चीन है वन प्लस साइन थीटा है और ये प्लस बी तो इस प्रकार के जब रहेगा तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला ही जानते हैं कि ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है तो इसका हम लोग स्क्वायर करने वाले हैं वन का और साइन का तो लिखेंगे भट्टे में लिखेंगे हम लोग इस प्रकार वन का स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर ठीक है थीटा का स्क्वायर तो का स्क्वायर क्या, क्या होता है होता है इसलिए यहां पर फिर से रिमेम्बर करना आप लोग साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या कोस स्क्वायर थीटा तो इसे रिमेंबर रखना तो कि इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं तो यहाँ पे इसके जगह पे बैठाने वाल है वाले थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा ये क्यों हुआ क्योंकि इतना और ये होता है फॉर्मूला इसलिए ओके दोस्तों तो ये हो गया अब यहाँ पे दोनों स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में ठीक है तो इसको थोड़ा सा और अच्छे अच्छे लिख देते हैं तब स्क्वायर दोनों का बोल सकते हटा देंगे स्कवायर स्क्वायर दोनों है, अब रूट है तो निकलेगा वर्ग मूल तो बोल सकते केवल बचेगा और बट्टे में क्या कोसटा बचेगा तो यहां पर देखेगा यहां पे रूट खत्म हो रहा है तो क्या बचेगा वन साइन क्या आपका कोस है तो इसको हम लोग क्या कि यहां पे से रूट खत्म हो गया तो केवल क्या बचा वन प्लस साइन थीटा लिख दिए और क्या बचा कोस थीटा अब इसी को एक बार कोष बोल रहा है कि कोश एक बार वन के नीचे जाएगा और कोश एक बार साइन के नीचे जाएगा तो करते हैं हम हम लोग इसी को वन तो बटा यहाँ पे लिखेंगे कोस थीटा एक बार चल गए वन के नीचे कोस अब एक बार प्लस देकर हम लोग ये प्रस प्रस दे है। और इसके आपको एक एक करके हम लोग बट्टे में एक बार वन के नीचे एक बार साइन के नीचे अब इतना फार्मूला हम लोग जानते हैं कि वन बटा कोस थीटाजक्वल टू होता है क्या होता? इसका फार्मूला भी होता है वन बटा कोस का और यहाँ पे साइन बाय कोस का होता है आपका tan sin cos का क्या होता है tan थीटा तो देखिए क्या ये आ गया आपका ऊपर वाला हां बिल्कुल आ गया तो बोल सकते हैं ये प्रूफ आपका हो गया ओके दोस्तों तो ये आपका प्रूफ यानी कि सिद्ध हो चुका है तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रूफ हो गया तो इसी आप लोग सिंथोट लो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में ओके फ्रेंड्स तो हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं तो फ्रेंड्स ये आप देखिएगा अभी हम लोग सॉल्व किए हैं क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन तो सेकंड अब हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड ओके okay? तो ये जो क्वेश्चन तीनों है बोल सकते हैं वी वी आई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसे चुकना मत इसे करके जाना ओके? Okay? तो यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे देखो मैंने लिख चुका पहले ही, तो यहाँ पे देखेगा ये एल हो गया ये क्या हो गया आर तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका क्या करना है इसको, इसको, को इसी प्रकार हम लोग को लिख देना है यानी कि सबसे पहले तो इसे हम लोग लिख चुके हैं इस प्रकार तो लिखना है वन माइनस कोस थीटा बाई वन प्लस कोस थीटा ओके अब इसको हम लोग को हरों का परिमे करन होता है हम लोग जानते हैं हरों का क्या करना है परिमे ओके okay? तो हर में क्या है वन प्लस कोस थीटा है तो यही छिन्ह ऊपर जाके क्या होगा चेंज होगा तो लिखेंगे वन माइनस कोस थीटा और बट्टे में क्या आएगा वन माइनस कोस थीटा तो जो ऊपर में होगा जो नीचे में लिखाएगा तो यह हो गया आपका करन का नियम ठीक है अब यहां में देखेगा ये जो है आपका वन माइनस कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा ये जाहिर से बात है कि इसको एक ब्रैकेट रख ब्रेक देना कि वन माइनस कोस थीटा के होल स्क्वायर ये इस प्रकार हो चुका है ठीक है अब यहाँ पे नीचे में देखिए दोस्तों वन प्लस थीटा और ये क्या है वन माइनस थीटा तो इतना और एक फार्मूला हम लोग जानते हैं यहाँ पे फिर से रिमवर करते हैं कि इसका होता है ए ए माइनस ए प्लस लिख सकते हैं ए प्लस बी या गुना करके लिखो ए माइनस बी ए प्लस बी देखिएगा ए प्लस बी है यानी कि वन प्लस कोर्सिटा इन टू तो इनटू टू बीच में दिया है वन माइनस को यानी कि ए माइनस तो इसका फार्मूला होता है ए b स्क्वायर तो ये जो लिखना है आपको वन को वन का स्क्वायर करेंगे तो वन होगा और कोस स्क्वायर का करेंगे तो कोस स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा थीटा होगा ओके तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है नीचे में जरा देखेगा नीचे में एक लिखना है आप लोगों को ये ये cos theta रहने देना cos square theta, ये ना कि लगा देना उसको से पर कर रह देना लगा उसको कर छेड़छाड़ नहीं करना इसको तो ये हो गया one minus cos a square theta. अब नीचे में एक फॉर्मूला आप लोगों को सिखा रहे हैं बार बार यहाँ पे देखिएगा कि वन माइनस वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा ओके दोस्तों ये आपका यानि कि इसके जगह पे हम इसको लग, बैठा सकते फॉर्मूलाइन स्क्वायर थीटा क्या देना साइन स्क्वायर थीटा ओके दोस्तों तो अब इसको एक बार ब्रैकेट में करके लिखेंगे इसको बाहर निकालने वाले ठीक है तो अंडरुट एक स्टेप और लिख देते हैं वन माइनस कोस थीटा के होल स्क्वायर अब इसको भी होल स्क्वायर में चढ़ाना है तो देखिएगा किस प्रकार चढ़ता है ऊपर में इसको बट्टे सही लगा लेते हैं साइन के स्क्वायर हो गया अब यहाँ पे होल स्क्वायर होल स्क्वायर है और तो अंडर रूट के इसको काट के बाहर निकलेगा तो केवल क्या बचेगा यानी कि रूट ये बोल सकता स्क्वायर स्क्वायर रूट को काटेगा तो केवल बचेगा वन माइनस कोस तो यहां पर लिखेंगे वन माइनस कोस और में क्या होगा साँग थिट्टा, साँग थिट्टा, ओके तो अब यहाँ पे पे जो जो है बोल है बोल सकते हैं ये साँग, साँग एक बार के नीचे जाएगा और एक एक बार के नीचे नीचे जाएगा तो लिखेंगे पे में एक लिख लो यहाँ पे बाई सा और माइनस कोस में क्या है साइन कोशिक थीटा और कोश बटा साइन थीटा होता है कोस थी बटा साइन थी बोलते कोस थीटा बटा साइन थी होता है ये आपका कोड थी होता है क्या होता है कोट तो क्या ये आ गया तो बिल्कुल आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ये जो है फॉर्मूला बोल सकते हैं जो क्वेश्चन था ये प्रूफ हो चुका है सिद्ध हो चुका है ओके तो ये था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए इसे आप ले सकते हैं हम लोग बढ़ते हैं आगे की फोर में और फाइव में ओके फोर पहले करेंगे उसके बाद फाइव करेंगे इसी आप लोग तो स्क्रीन शॉट लेते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर लगा लेते हैं तो फ्रेंड्स अभी हमने सोल्व किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था अब हम लोग क्वेश्चन फोर को यहाँ पे करने वाले हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन था यहां पे हम लोग परमेकन कर रहे थे तो केवल सिंगल परमे हो रहा था अब यहाँ पे देखेगा डबल परमेकन होगा ओके तो यहाँ पे देखेगा इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख दिया ओके तो यहाँ पे देखिये करने वाले हम लोग तो एर ये हो गया आर ये लाना आपको तो देखिये दोस्तों यहाँ पे ये जो आपका है पहला आपका है यहाँ पे देखिये वन प्लस साइन थीटा और बाई में क्या है वन माइनस साइन थीटा ओके दोस्तों तो यहां पे परमेकन करेंगे तो आप लोग बताइएगा यहाँ पे चिन्ह क्या होगा यहां माइनस है तो उस तरफ जाएगा ऊपर तो क्या होगा तो बोलिएगा यहां पे माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए वन प्लस साइन थीटा ओके और बाई में क्या होगा वन प्लस साइन थीटा तो ये जो कर, हुआ केवल एक को हुआ अब हम लोग दूसरे को करने वाले हैं बीच में प्लस है तो यहां पे बीच में क्या देंगे हम लोग प्लस देने वाले ओके तो यहाँ पे देखिएगा देखिएगाट्ठा और बाई में क्या है वन प्लस साइन थीटा ओके दोस्तों तो यहां पे प्लस है हर में तो ऊपर जाएगा बोल सकते हैं गुना करेंगे परिकरण करेंगे तो माइनस में होगा वन माइनस साइन थीटा और बाई में क्या होगा वन थीटा तो ये हम लोग दोनों में कर चुके हैं ओके दोस्तों तो ये जो आपका है यहाँ पे ये फॉलो करना हम लोग को देखिएगा वन प्लस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा है तो इसको आप लिख सकते हैं वन प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर ठीक है ये हो गया होल स्क्वायर नीचे में एक बार माइनस में एक बार प्लस में है तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने एक फार्मूला बताया था ए माइनस बी और ए प्लस बी यानी कि एक बार माइनस में एक बार प्लस में रहे या एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर तो इस फार्मूले पर हम लोग इसको तोड़ने वाले हैं ठीक है यहाँ पे ए माइनस है और ए प्लस है तो क्या हो जाएगा ए इसमें तो यहां पर तो तो तो तो तो फिर उसी प्रकार करेंगे जिसमें हम लोग इसमें जो किए थे तो यहां पर देखिएगा यहां पर क्या होगा तो लगाना है, one minus sin theta one minus sin theta है तो इसको इस प्रकार लिख देंगे के वो यहाँ पे लिख यहाँ पे minus था, तो यहाँ पे क्या लिखे वन माइनस साइन स्क्वायर साइन के स्क्वायर के थिएटा लिख दिए ओके आपको बटे में देखिएगा नीचे में क्या होगा एक बार प्लस में एक बार क्या है माइनस में तो इसी को लिखा जाता है एक बार A का स्क्वायर ये हो गया ए स्क्वायर ए स्क्वायर करेंगे यानी का स्क्वायर करेंगे तो वन होगा और साइन का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा ओके तो ये रहा को गुना करने के बाद यह फॉर्मूला गया नेक्स्ट आपका है दोस्तों यहाँ पे जो है ऊपर में उसको उसी प्रकार रहने देना ठीक है तो यहाँ पे क्या है वन प्लस थीटा तो यहाँ पे लिखेंगे वन प्लस थीटा होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देने वाला है तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है तो फॉर्मूला ओके को लिखते चल रहा है तो इसके बराबर हम लोग इसको बैठाने वाले हैं तो बैठे में लिखेंगे दोस्तों वन माइनस स्क्वायर थे यहाँ पर लिखेंगे कोस स्क्वायर थे अब इसको हम लोग यहाँ पे एक बार ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं कोस स्क्वायर को, नहीं, नहीं, थे अब यहाँ पे देखिये सेम टू सेम इसको भी प्रोसेस वही करना है जो ऊपर वाला है उसको सेम टू सेम रहने देना नीचे में फॉर्मूला आपको लगने वाला है तो ऊपर में क्या आपका वन माइनस साइन थे होल स्क्वायर नीचे में एक है one minus square theta हो होता है होता तो ये आपका रहा का क्या हो गया one, क्या हो गया पे कोस स्क्वायर थीटा ओके दोस्तों तो ये फॉर्मूला हम लोग बैठा चुके हैं यहाँ पे तो ये केवल फॉर्मूला पे हो रहा है इसलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखेगा यहां भी स्क्वायर करना यहां भी है यहाँ भी स्क्वायर करना तो देखो यहाँ पे एक बार हम लोग कर लेते हैं दोनों का स्क्वायर ठीक है वन प्लस साइन थीटा साइन थीटा का स्क्वायर कर लिए और एक बार कोस थीट्टा के स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म कर देगा अगला स्टेप पर हम लोग लिखेंगे सेम टू सेम यहाँ पे प्रोसेस वही करना है फिर वही बात लिख देना देखो वन माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर ये हो गया और बाई में लिखेगा कोस थीटा के होल पे होल स्क्वायर स्क्वायर जो ऊपर नीचे है बोल सकते रूट को खत्म कर देगा तो यहाँ पे बचेगा क्या सो देखो यहाँ पे बच जाएगा वन प्लस साइन थीटा क्या बच जाएगा वन प्लस साइन थीटा और बाई में बच जाएगा होंगे तो ठीक है यहाँ पे देखिएगा यहाँ तक हम मिटाते हैं क्योंकि इसी को हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं ओके okay? अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट स्टेप देखेगा ये जो है कोर्स एक बार वन के नीचे एक बार कोस साइन के नीचे सेम टू सेम यहां के नीचे एक बार साइन के नीचे बीच में प्लस तो राइवे करेगा तो यहाँ पे लिखना है हम लोग को यहाँ पे इस प्रकार लिखना ओके okay? तो क्या बोले हम कोस थीटा एक बार वन के नीचे एक बार साइन के नीचे तो यहाँ पे बीच में प्लस है इसलिए बीच में प्लस देंगे साइन थीटा और बाई में क्या हो गया ओके okay? तो हो गया बटे में अब बीच में प्लस है तो यहाँ पे क्या देना बीच में प्लस देना ओके okay? अब ये कोस, तो कोस थीटा ओके okay दोस्तों अब यहाँ पे फॉर्मूला देखेगा क्या हो रहा होगा यहाँ पे वन बाई कोस वन बाई कोस इक्वल टू होता है sec sec और sin cos होता है tan कोस क्या होता है tan अब लोग याद रखना को तभी बन पाएगा देखिए कोर्ट नहीं टेन थी टेन थीटा ओके दोस्तों अब यहां पे देखना ये प्लस में 10 है ये भी प्लस में है तो प्लस प्लस में नहीं ये माइनस में ये क्या प्लस में तो प्लस माइनस ये खत्म हो गया अब आपके पास बचा एक कोस यहाँ पे है वन कोस यहाँ पे वन कोस, तो टोटल जोड़कर यहाँ पे कोर्स है सेक है वन सेक है ये क्या वन सेक है तो जोड़कर कितना हो? टू सेक हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेक थ्री ओके जोड़ सेक जोड़कर टू हो गया तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लगता आप लोगों को प्रूफ हो चुका है तो यहाँ पे देखिए आपको आ चुका आप तो तो है ये तब तक ओके फ्रेंड्स अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका है सेक थे टाइम माइनस वन और बाई में क्या प्लस में है सेन और इसका पूरा क्या रूट में यानी अंडर रूट में है ये भी सेम टू सेम उसी प्रकार है ऊपर प्लस और नीचे माइनस और लाना क्या है टू को तो थीटा तो फ्रेंड्स यहाँ पे करना कुछ नहीं आप लोगों को यहाँ पे जो रूट में दिया यानी कि अंडर रूट में दिया है सब को यानी कि चार भाग को सबको रूट में कर देना है पूरा तो तो दे रूट में है तो अलग अलग इसको छाड़ देना ये पूरा रूट में है तो अलग अलग रूट में चढ़ा देना तो देखो चढ़ाते हैं किस प्रकार है, कि इस है तो देखिए इसको भी रूट में कर देंगे इसको भी रूट में अलग अलग करना है तो यहाँ पे करेंगे अंडर रूट सेक थीटा माइनस वन ये हो गया ऊपर में अब नीचे में देखेगा इसी प्रकार सेम करने वाले ठीक है सेम यहां पे करेंगे हम लोग तो देखे दोस्तों ये प्लस में है तो इसको भी अंडर रूट में कर लेना है तो ले पे सेक थीटा प्लस वन क्या हम बोले कि ये जो पूरा में है ऊपर भी कर दो रूट और नीचे भी कर दो सेम टू सेम प्रोसेस जो यहां की है जो यहां भी करने वाले हैं तो करते हैं हम लोग इस प्रकार एक बार ऊपर में इसको रूट कर देना है सेक वन, और नीचे भी वही करना है माइनस वन ये हो गया अब यहां देखेगा अब यहां पे भीम के जोड़ हम लोग बना सकते हैं बहुत आसानी से तो इसको एलसीएम करेंगे दोस्तों इसको क्या करना एलसीएम तो ये पूरा रूट में इसको आप एक साथ लिख सकते हैं किसको इसको लिख सकते हैं, हैं। ठीक है? है, तो तो तो तो इसको इसको ये ये जो अलग-अलग एक एक ही ही, साथ रूट में सेक सेक वन, में, में लिखे, थीटा थीटा थीटा क्या बार ब्रैकेट और इसके बीच एलसीएम एलसीएम ले तो तो ले तो पे लिखेंगे सेक वन. ये हो गया ले चुके अब एक बात सेक थिटा और गुने फिर एक और सेक थट्टा रहे एक और सेक थिटा तो ये बाद में बताएंगे पहले ये समझो मान ले तो रूट फाइव है ये भी कितना रूट फाइव तो डबल जब सेम रहता है अंक या बोल सकते हैं कोई अच्छा हो बोल सकते हैं कोई अच्छा भी हो तो यहाँ पे रूट में रहेगा तो ये रूट से रूट खत्म केवल क्या हो जाएगा फाइव ये भी सेम टू सेम वही होगा सेम सेम है यानी कि सेक थर सेक थिटा रूट में है तो ये केवल क्या होता जाएगा सेक थिटा एक बात और करके बताते हैं sec sec और फिर इसी प्रकार एक और रहे सेट्टा माइनस वन तो बताओ दोनों तो सेम है तो बोल सकते रूट से रूट खत्म होगा तक केवल क्या बचेगा sec थिट्टा माइनस वन यही बचेगा तो ये हो गया सिंपल भाषा में हम लोग यहाँ पे सीख लिए अब यहाँ पे करते हैं हम लोग अब यहाँ पे देखो ये से इससे अगर डिवाइड देंगे तो बोल सकते हैं प्लस वाला कट जाएगा बचेगा कौन माइनस वाला तो ये वाला इससे गुना हो जाएगा और ये वाला इससे गुना होगा तो बताओ अभी गुना -से होता है तो केवल वही उतर जाता है तो यह गुना -से होगा तीर्था तीर्थी तो बोल सकते केवल क्या उतरेगा ऊपर में देखेगा सेना है वन ओके से बीच में क्या है दोस्तों प्लस है तो बीच में प्लस देना है तो फिर यहां पे ये भी सेम सेम है गुना करेंगे तो क्या होगा गुना हो जाएगा इसके ऊपर तो गुना कर रहे हैं ये होगा पहला बात फिर अगर इससे डिवाइड कीजिएगा इसमें नीचे वाला में तो ये काट देगा इसको तो बचेगा ये इसलिए हम इसको तो इसको गुना कर रहे हैं ओके अब यहाँ पे देखिए ऊपर में ये ये माइनस है है और ये क्या है? प्लस है। तो ये लगता है कट जाएगा क्या हुआ कटेगा तो फ्रेंड्स से one कट गया अब आपके पास यहाँ पेख थीटा सेटा टोटल टू से हो गया तो फ्रेंड्स यहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग ऊपर में तो लिखेंगे टू से और नीचे में देखिएगा दोस्तों नीचे में क्या होगा ये जो अंडर रूट में है उसका रीजन जरा देख लीजिए माइनस तो में ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या एक बार प्लस में होगा तो इस फार्मूला को लोग इस प्रकार लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं तो यहाँ पे A के रूप में सेक है तो इसको लिखेंगे सेक सेक, में देखेगा, ये सेक जो ऊपर था उसको हमने उतार दिया ओके okay? अब यहाँ पे थीटा माइनस वन बराबर एक फॉर्मूला होता है याद रखेगा स्क्वायर okay? तो ये फॉर्मूला है तो इसके जगह पे बोल सकते इसके जगह पे हम इसको बैठा सकते हैं टेन स्क्वायर को, तो लिखेंगे अंडर रूट में टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर ओके okay दोस्तों टेन स्क्वायर थिएटर इसको साफ से लिख देते हैं थोड़ा सा टेन स्क्वायर थिटा ये हो गया अब यहां पे रूट से बोल सकते हैं स्क्वायर खत्म टू इसको और नीचे लिखते है थोड़ा सा चलो ये साइड लिख देते हैं यहाँ पे तो लिखेंगे टू क्या बचे मेरे पास टू से थीटा और बाई में क्या बोले के डबल है यहाँ पे बोल सकते हैं दो है दोन थीटा तो इसका रूट होता है इसको हम लोग बाई में करेंगे बाद में लेकिन एक स्टेप और लिख देते हैं टू से बट्टा में देखिएगा इसका जो फार्मूला है टेन थीटा का टेन थीटा का एक फार्मूला होता है यहाँ पे लिख लीजिएगा टेन थी बराबर साइन थीटा और बट्टा में क्या होता है कोस थीटा ओके दोस्तों और कोट का इसी का उल्टा होता है कोट थीटा का फॉर्मूला तो यह फॉर्मूला तो आप लोग याद रखना है तो टेन का टोटल हम लोग मान यह लिख सकते हैं टेन बराबर तो लिखेंगे साइन थीटा और में क्या होगा कोस थीटा ओके दोस्तों अब यहाँ पे देखिए साइन बाई कोस हो गया लेकिन टू कोस टू से फॉलो करना ऊपर और साइन थीटा नीचे इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं ओके तो अब यहाँ पे देखिये दोस्तों इसको हम लोग इस प्रकार लिख दिए तो sec को आप लिख सकते हैं sec sec को का फॉर्मूला होता है one, two cos theta. का क्या लिख सकते हैं cos theta. अब ये कैसे हुआ जरा हम लोग जानते हैं कि cos बाटा कोस क्या होता sec sec तो या इतना है इतना लिखिए या बोल सकते हैं कि वन कोस थीटा इतना लिखिए तो cos था तो टू पे कितना लिखा टू बोल कितना हो गया? कोस ये हो गया गया थीटा ये ये चेंज अब पे देखिए जो है आपका गुना में कोस में में थीटा थीटा ऊपर और नीचे है तो यहां पे देखिए दोस्तों कटेगा आपको क्या हुआ कटेगा तो कोस से कोस क्या हो गया खत्म हो गया तो यहाँ पे बचा क्या ऊपर में टू बचा और नीचे में क्या बचा सा ये ये या क्या क्या क्या हुआ 2 cosec cosec cosec cosec आप लोग जानते हैं हैं कि कि बराबर होता क्या होता cosec theta. तो यहाँ पे 2 है तो तो तो तो पे पे पे भी 2 होगा. पे 2? तो भी 2 होगा होगा तो होगा यानी रहेगा बोल सकते हैं इसको 2 cosec theta ये आपका प्रूफ हो चुका है ओके फ्रेंट्स? तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन जो था मैंने सोल्व कर दिया तो फ्रेंड्स ये टोटल आपका पांच क्वेश्चन जो रहा मैंने प्रूफ कर दिया ओके तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बोल सकते हैं ये सात दिन में वो जो है अपना प्रैक्टिस कर सके मैं आगे बोल सकते नेक्स्ट डे में अगले छः दिन में आप लोग को और भी क्वेश्चन ला देने वाला हो तो फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पर नया है तो इसमें सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में